I can't believe it. कथम आई कभी उगाई देखिए मुझको परली अंत लगाई दूर तू दू, क्यों दू गई मुझे छोड़ के सुना ना होगा भला तेरा ये मेरा है दूर तू दू क्यों गई मुझे छोड़ के सुना ना होगा भला तेरा मान बनी है तेरी बुराई होगा भला ना मेरा कैसे ऑपरेट करता मैं तुझको कु मैं बंदा गरीब था तेरी कसम कैसे ऑपरेट करता मैं तुझको